खने में आया है आजकल कि बुखार के बाद पलिया और यकृत वृद्धि यानी कि लीवर और स्प्लीन की वृद्धि बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है जिसके कारण बाद में अनिमिया की समस्या हो जाती है तो आज एक ऐसी प्लांट की चर्चा करेंगे जो इन सब रोगों से आपको बहुत आसानी से निदा निदान दिलाता है आसानी से आपको सही करेगा ये आप देख पा रहे होंगे वाइट फूल वाला चित्रक है इसको प्लम्बेगो जलनिका कहते हैं और यह है व्हाइट लीवर्ड के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं चित्रक की तीन स्पीशीज भारत में पाई जाती हैं सफ़ेद फूलों वाला और लाल फूलों वाला और पर्पल फूलों वाला तो आज हम व्हाइट फूल वालों की बात करेंगे जिसको आप प्लम बेगो जलनिका और ये प्लम्बर जिनेसी फैमिली का है इसके ग्लैंडुलर हेयर्स हैं और इसका जो ये पेरिनियल श्रब है तीन से छः फीट तक ऊंचाई इसकी हो जाती है सिंपल इसके लीव्स हैं इसका एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल anti और ये सारी एक्टिविटी ये जो जितनी भी शो करता है ये लीवर को रेमेडिएशन के माध्यम से शो करता है और लेप्रोसी में भी इसका विशेष उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कुष्ठ रोगों में और सूर्यसिस में भी इसकी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखी गई है इसके अंदर अल्फा बीटा अमाइरिन और लुपियोल और इसके अंदर दो ऐसे एल्कोइड पाए जाते हैं जो इसके तिक्त तो जो इसका टेस्ट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और लिवर रेमेडिएशन में हेल्प करते हैं क्लोरो प्लम्बाजिन और प्लम्बाजिक कैसेड इसके अलावा इसमें टेरेक्सा इस्टिरोल भी पाया जाता है और इलिप्टिन और प्रोटीज़ ये दो ऐसे मेटाबोलाइट हैं जो एंजाइम रेगुलेशन और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस को सही करते हैं अब हम बात करें तो जो विषम ज्वर होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए इसकी जो मूल होती है यानी कि जो इसकी रूट होती है उसका पाउडर बनाकर नॉर्मल जो जल है यानी कि ना गर्म ना ठंडा साधारण तापक्रम के पानी के साथ दो ग्राम सुबह और शाम लेना चाहिए और कुष्ठ रोगों में हमें क्या करना चाहिए इसके चूर्ण का सेवन करना चाहिए लेकिन उसके अलावा इसके जो मूल का जो पाउडर है उसको गोमूत्र के साथ मिलाकर लेप भी करना चाहिए कुष्ठ रोगों के निवारण के लिए सूर्य समस्या हो सूर्य से लिए उसमें भी लेप करना चाहिए आमवात या संधिशूल की समस्या हो घुटनों में दर्द हो जोड़ों में दर्द है तो हमें क्या करना चाहिए तिल के तेल को सिद्ध कर लेना चाहिए इसके चूर्ण को डालकर और फिर उससे हमें मालिश करनी चाहिए इस प्रकार से यह हमारे लीवर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्किन डिसडर्स को और अग्निमंद की समस्या बहुत कॉमन है बुखार के बाद या फिर वैसे भी एजिंग के समय या फिर आजकल तो यंग एज में बैठे रहने का कार्य रहता है तो हम लोग खाना पीना खा तो लेते हैं लेकिन डाइजेस्टिव कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए चित्रक बाई विडंग और मोथा मोथे का चून मिलाकर पाँच ग्राम दिन में दो बार इसका नॉर्मल पानी के साथ सेवन करना चाहिए आप देखेंगे कि यह धीरे धीरे बहुत अच्छा अपना चमत्कारी प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग अग्निमंद की समस्या आमवाद या संधिशुल की समस्या और विषम ज्वर विषम ज्वर के कारण बने हुए अनिमिया का भी निराकरण करता है और अगर अर्श की समस्या भी होती है क्योंकि अर्श भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ एक ऐसा डिसऑर्डर कहेंगे इसको हम डिसीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ये क्या करता है इसकी मूल का आप पाउडर बना लीजिए और पाउडर बनाकर इसका सेवन कीजिए इसके साथ साथ इसकी मूल का आप क्या करेंगे इसकी मूल का आप फ्यूम लेंगे फ्यूम को देना है फ्यूम का मतलब है कि इसका आप धूमन लेंगे तो धीरे धीरे अर्श की समस्या का भी ये आसानी से निराकरण करता है ध्यान ये रखना है साथियों इसके अंदर गर्भ संकोचक इसकी प्रॉपर्टी होती है तो प्रेग्नेंट वीमेन इसका सेवन ना करें क्योंकि यह अबोटिव हो सकता है फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ प्लांट पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिए अगर किसी रोग के निराकरण के लिए आपको कोई सलाह या परामर्श की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं धन्यवाद